हेलो दोस्तों मैं राहुल आपको सभी का राहुल आचार्य चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ आज के जो वीडियो से बात करने वाले हैं किस प्रकार से यूटूब चैनल को बना सकते हैं ठीक है थीका? उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है ठीक है मोबाइल अपने ब्राउजर को ओपन कीजिए ओपन करने के बाद आपको क्या करना है यूट्यूब सर्च करना है यूट्यूब सर्च करने के बाद आपको क्या करना है थ्री डॉट थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसको डेस्कटॉप साइड में कर लेना है डेस्क हाइट में करने के बाद आपको यहाँ पे ये यह दिखा दिख रहा है यहाँ पे यूट्यूब इस पर क्लिक कर लेना है डेस्क टॉप करने के बाद मैं दोस्तों आप खोले चलता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्योंकि आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे ही आपको बड़ा बड़ा दिखेगा इस पर छोटा छोटा दिख जाएगा इसलिए आप लोग को दिक्कत होगा देखने में यहाँ पर मैं आने के बाद यहाँ पे साइन इन करता हूँ यूट्यूब साइन इन करते हैं उसके बाद ये खुल जाएगा आपका वेबसाइट कुछ ना कुछ यूट्यूब का खुल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है हमारे यहाँ नेट स्लो चलता है वेट करना पड़ेगा यहाँ पे खुलने के बाद आपको अपने यहाँ पे चैनल पूरा आपको देख लेना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा वहाँ पे ऊपर में जहाँ पे वहीं पे, राइट साइड में वहीं पे आपको लिखा हुआ चैनल का नाम लिखा रहेगा उसी पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते के साथ ही आपका स्टेप का ऑप्शन खुल जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे नीचे क्रिएट चैनल पे लिखा क्रिएटर चैनल पे क्लिक करना है क्रिएट चैनल पे क्लिक करने के बाद ये यह आपका यहाँ पे चैनल का नाम डालने के लिए यहाँ पे आएगा तो आप अपने हिसाब से जो भी इसमें नाम डालना चाहें आप वह डाल सकते हैं यहाँ पे ऊपर में दिया गया प्रोफाइल पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर भी आप अपलोड कर सकते हैं मैं अभी कोई भी नाम यहाँ पर दे दे रहा हूँ ठीक है दोस्तों जैसे कि मैं देखिए मैंने कुछ ऐसी लिखा लिख मैंने आपको दिखा रहा था चलिए दोस्तों मैं अपने चैनल का नाम मैं लिख देता हूँ एक छो मैं यहाँ पे चैनल का नाम लिख रहा हूँ चैनल का मैं नाम लिख रहा हूँ उसके बाद मैं यहाँ देखें दोस्तों मैं अपने चैनल का नाम लिख दिया लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएटर चैनल पर क्लिक करूंगा क्रिएटर चैनल पर क्लिक करने के बाद थोड़ा कुछ प्रोसेस चलेगा उसके बाद यह ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद देखिए ओपन हो गया या देखिए चैनल चैनल जो आएगा क्रिएट हो गया अब चैनल क्रिएट हो गया है तब इसको क्या करना रहता है दोस्तों चैनल को कस्टमाइज करना रहता है कस्टमाइज करके कस्टमाइज चैनल पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा कर्सर उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा नया पेज ओपन होने के बाद दिखाता हूँ मैं क्या होता है नया पेज ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक लप ओपन होगा जो पहली बार यूट्यूब स्टूडियो में करने के लिए कहेगा तो आपको यहाँ पर सिंपल है इसको क्या करना है इसको कंटिन्यू करना है ठीक है दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करने के बाद ही आपको इस पूरा का पूरा चैनल आपको क्रिएट हो जाएगा आपको इसमें कुछ चैनल पे कस्टमाइज करना रहता है यानी कि कुछ चैनल में आपको एडिट वगैरह करना रहता है तब तो यहाँ पर एड कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ देख लीजिए आप इस प्रकार से है चैनल का लोगो चैनल पर आप क्लिक कीजिए यहाँ से तो फिर से चल जाए चैनल पर आ जाइएगा आप अपने ठीक है यहाँ से आप देख सकते हैं चैनल को वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो चैनल आपका क्रिएट हो गया है तब क्या करना है आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है ठीक है कस्टमाइज चैनल पे आए उसके बाद आपको क्या करना है पूरा का, पूरा इसमें आपको पढ़ लेना है बढ़िया से ध्यान दे देना है पूरा आप इसके बारे में जान क्लिक कर करके आप देख सकते हैं आपको जो नहीं समझ आ रहा वो हमें कमेंट करके बताया हमें नहीं आ रहा देखिए अब ब्रांडिंग में आ गए बेसिक में लेआउट हो गया ब्रांडिंग और बेसिकली लेआउट यानी कि <coughs> जो वीडियो है ना वो आपके क्या कारण मतलब दिखाएगा कैसे दिखाएगा उस टाइप का रहता है ठीक है तो उसके लिए हम मैं आपको <coughs> इसको मैं बताऊंगा जब जब चैनल में इस टाइप का अपलोड करते तो है उस टाइप में ब्रांडिंग में चलता हूं ब्रांडिंग में चलने के बाद आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर लोगो अपलोड करने के लिए अपने चैनल का लोगो तो कोई भी आप चैनल का लोगो एक ले सकते हैं मैं आपको एक दिखा दे रहा हूँ इसी टाइप के मैंने फॉलोवर्ड अब मैं यहाँ से इसको चाहूँगा तो मैं इसको चैनल का लोगो में सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर दूंगा तो वहाँ पे और लोगो सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों तो मैं अभी यहाँ पर लोगों ने चला रहा हूँ यहाँ पे देखिए बैनर है दोस्तों पीछे नीचे यहाँ पे यूट्यूब के जो है ना ऊपर में बैकग्राउंड रहता है जब जब चैनल करेंगे बैकग्राउंड बैकग्राउंड को उसको कहते हैं उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको वाटर मार्ग वाटर मार्क लगाने के बाद आपको वाटर में लगाना अभी कोई दिक्कत नहीं अभी यहाँ पे आपको यार डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन में आपको मतलब जो भी कुछ लिखिएगा आप वहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पे आपके चैनल के अबाउट में कोई भी जाएगा तो वो आपको वही डिस्क्रिप्शन वही पढ़ेगा आपके हिसाब से आप मतलब जो चाहे वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अब यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया एक ई मेल इन्फॉर्म जैसे कोई बिजनेस रिलेटेड रहे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऐड लिंक कर सकते हैं फेसबुक का यूट्यूब का गूगल का ये क्या बोलते हैं उसको इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह का जिस किसी का भी लिंक चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं चलिए मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि तो डिस्क्रिप्शन में मैं पब्लिश कर दिया सेव करने के बाद यहाँ पे आपको पब्लिश करने के बाद मैं आपको यह दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर मैं या कहाँ पर मैं दिखेगा मैंने जो लिखा हुआ हूँ ठीक है चैनल पर क्लिक आपने चैनल पर जाने के बाद आपको क्या होगा यहाँ पे अब अबाउट में आने के बाद जो आपने लिखा था वहाँ पे यहाँ पर पे वह यहाँ पर आगे आ गए आपके ठीक है आज देख लीजिए दोस्तों चैनल को आपको किस प्रकार से बनाना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों किस प्रकार से वीडियो को अपलोड करना है एक यूट्यूब पर ठीक है दोस्तों चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक जरूर करें दोस्तों मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है दोस्तों